हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू पबजी मोबाइल लाइट एन अदर गेम प्ले वीडियो तो कैसन ही सब चल तो हम स्टार्ट करें रहे स्टेडियम उतर चुके हैं यहां पर सब घोसड़ी चल रहा इसको तेरी माँ की आँख इसको भी दे दिए एक आध दो घंटा चलो भाई तू भी लो अभी चलो एक किलो गया इसको भी नौ कर दिए इसका भी गाँव था देंगे और ये जाओ तुम भी लो भी तो चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो मेरे अब माई अब सब्सक्राइब कर दे देखो एक ठो माई अभी छुप के बैठा इसको अथि अथी लगा लहसुन लगा दिए और ये देखो ये बेहोश हो गया इसको कर दिए हैं तो चलो अरे इसके पास स्कारी था हम स्कारी उठा लिए हैं तो चलो अब खेलने में मज़ा आएगा तो लेट्स गो तो हम स्टा चल रहे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब उसके बाद हम पिकेडअप कर लिए हैं सब उठाप उठा लिए हैं तो देखो मार होता है कि नहीं होता है जे करियर बोले कंटेंट जाए देखो इसको बहुत मार देंगे अम्माई अभी चलो बेटा तुम भी लोबी चलो शिक्षक से नहीं पता चलता है उतना यार समझता का है नहीं चार किल हम कर चुके हैं ये हो गया पांच किल माई आवा किधर देखो डांस कर रहा है भोसड़ी इसको पहुंचा दिए ये हुआ छः किल तो आप जैसे जैसे किल बढ़ता है वैसे वैसे शेयर करिए ये देखिए सात किल चलो बेटा लो अभी तुम्हारा मम्मी बुला रही है जाओ देखो तुम्हारा मम्मी तुम्हारा गांव फाड़ देगा जाओ देगी जाओ जाओ जाओ जल्दी जाओ सब मेरे पास आओ आओ देखिए चौदह किल का टारगेट रखते हैं तो पबजी मोबाइल लाइट जो तो देखिए जा रहे हैं इधर कोई मिले मिले मिले देखिए ये बहुत भोसल चलो जाओ ऊपर बेटा तू लो भी मेरे पास यार थैली लगा के मारना चाहिए चलो ये हो गया कितना आठ किल किनौ किल कितना हुआ यार अच्छा होने के बाद पता चलेगा ये प्यार प्यार का मार हुक्का मार हुक्का बार तेरा प्यार प्यार का प्यार हुक्का मार हुक्का अरे अरे सब आठ की नो किल जा जा ऊपर जा ऊपर नो किल प्यार प्यार का प्यार उसका मा। उसका आ, आ, आ, आ, आ। लाइव स्ट्रीम करते बस वीडियो ना अच्छा से नहीं बनता यार ये देखो चड्डी तो ले जाओ देखो चड्डी छोड़ के भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं जनाब इधर हम हैं हमारा भी ध्यान कीजिए भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं बोल थोड़ी ये देखो ये तो नानी घर में व्यस्त है मेरे पास हूँ इतना डैमेज दिए तो पर भी इसका मौसा बुला रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं हमें पहन लेते हैं घास वाला लेकिन किसी को सबको गाय में चूल्ह मच गया इसका चूल्ह शांत माई अब 11 किल अब जैसे जैसे किल बढ़ता वैसे वैसे सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ये देखो बारह किल या तेरह किल तेरह किल पहले घास वाला सूट पहन लेते हैं तो चलो आरपीजी मुझे चलाना नहीं आता इसलिए हम आर नहीं लेंगे तो चलो आगे बढ़ते हैं रिलोड तो उलोड कर लेंगे अरे रे रे, तेरी माँ की यहाँ खबर तुमको बताते हैं रुक ये ले तुम पहले प्रसाद खाने के लायक है चलो इसको देते हैं अरे अरे अच्छा सुमार चलो लो प्रसाद तुम जाओ ऊपर कर रहे थे कि चड्डी लुंगी पहन लो को चड्डी छोड़ के जाता है लुंगी छोड़ के जाता माई आबा तेरा किल तेरा किल तेरह किल चौदह किल का है देखो कितना होता है अपेक्षा से परी भी जा सकता है जितना ज़्यादा किल उतना शेयर करना पड़ेगा क्योंकि माई आवे की कसम तो हम कसम बसम नहीं देंगे आपको शेयर करना पड़ेगा अच्छा लगे तो शेयर करिए नहीं अच्छा लगे तो शेयर करिए आपको जैसा जो नहीं पसंद आए तो शेयर करिए ये देखो गिरा रहा था अरे यार क्या बोल रहे हैं तो ये देखो गाड़ी से जा रहा था भोसली रुक जा तू इधर इसको उड़ा दिए चलो अल्लाह भी इस पर मेहरबान था तो गधा पहलवान होगा रेड जोन इसके बगल में गिरा लेकिन हम मेहरबान नहीं होंगे अरे इसमाहीब के पास चलो चलो यहाँ से जाना उचित रहेगा अरे तो चलो भाई तेरा प्यार प्यार का प्यार रुक्का मार रुक्का मार तो हम बहुत थक गए थे तो यहाँ थक के मंजिल नहीं पाना है सबसे पहले लहसुन मार लिए लहसुन मार के मेरे पास लहसुन लहसुन लहसुन लहसुन ये देखो ये तुम क्या कर रहे थे हैं? नॉटी बोए जाओ जाओ मम्मी बुला रही है तुमको जाओ जाओ नॉटी नोटी बोए हम्म ये देखो खड़े खड़े बेहोश हो गया खड़े खड़े गिरा रहा था इसको बोस चल जा तू तेरा प्यार प्यार का बार का मार जीजा जगले जगले रहैया में भीड़ बड़ी दगले दगले जीजा जगले जगले चलो तो हम सब गाड़ी बैठ गए उसके बाद एकदम गाड़ी में एक स्पीकर लगा के गाना सुनते हुए चल पड़े निकल पड़े अपने देखो अः उधर देखो फायरिंग हो रहा इसका बाप का गोली है रे देखो देखो देखो अब इस प्रेमिका के आदमी खोया था क्या इसका प्रेमिका छोड़ गया इसका लवर जाओ जाओ बेटा अपने लवर के पास जाओ बाद में पबजी खेलना क्योंकि पबजी पर तो बहुत सारा गाना निकला नए स्किल आप उन्नीस लोग को शेयर करिए नहीं तो आपका गांव फाड़ देंगे तो चलिए आगे ढाका न्यूज़ के साथ ढाका नहीं अरे यार न्यूज नहीं, नहीं। देखो इस लगता है इसका बाप के बोलिए बहन तेरी बहन की आँख चलो चलो इसकी बहन की नमन अरे रे रे चलो 22 किल हो गया है कितना बढ़िया खेल रहे हैं अकेले में ऐसे ही होता है आज भोसड़ी वाले दोस्त नहीं है तो इसी हो रहा है टीमेट नहीं है नहीं तो टीमेट रहता है तो सब तो चूल मचा देता है सब किल तो अपने कर लेता हम करते हैं किधर तेरा प्यार प्यार का मार गा हुक्का मार तेरा प्यार प्यार का मार हुक्का मार ये देखो तेरे प्यार प्यार का गां तेरे प्यार प्यार का बार गां मार कामोकिंग करता है स्मोकिंग 25 किल लगता है जीवन में सबसे ज्यादा किल हम करेंगे ये बिनर सब्सक्राइब ना